वेलकम टू आईडीआई टी टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं फिटर ट्रेड के एक डेमोस्ट्रेशन क्लास में आया हुआ हूं फिर से जो कि आपको मैं स्क्राइबर के बारे में बताऊंगा ये आपके सामने स्क्राइबर है जिसमें कि पॉइंट्स होता है और ये पूरा जो स्क्राइबर है ये हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर है यह हाई कार्बन स्टील्स का बना होता है और इसके पॉइंट्स को हार्ड वर टेम्पर कर दिया जाता है इसके बाद में ये जो मटेरियल होता है ये हाई कार्बन स्टील का होता है और इस पॉइंट्स का जो एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री का होता है और भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड मतलब डी के अनुसार ये हमारा 125 से 200 सौ mm की लंबाई में पाए जाते हैं इसका यूज मार्किंग करने में तथा लाइन खींचने में यूज़ किया जाता है अब मटेरियल मटेरियल जो इसका मैंने बता दिया आपको हाई हाई कार्बन कार्बन स्टील का का बना होता है। ये हमारा बना होता होता है है ये हमारा इसके बाद में इसके पॉइंट्स को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है इंट्रोडक्शन इसके पॉइंट को 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राइंड किया जाता है हाई का बना होता है ये हमारा एक मार्किंग टूल है इसके द्वारा हम लाइनें खींचने में यूज करते हैं अब हम देखेंगे टाइप्स ये हमारे कितने टाइप से होते हैं सबसे फर्स्ट हमारा स्ट्रेट डिस्क्राइबर दूसरा हमारा बैंड डिस्क्राइबर तीसरा हमारा ऑफसेट अब हम एक एक की प्रॉपर्टी देखेंगे स्ट्रेट स्क्राइबर का क्या यूज है इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सीधा नुकीला होता है तथा सीधा होता है इसकी बॉडी को नर्लिंग करी जाती है आपको दिख रहा होगा बीच का एरिया नर्लिंग होता है जिससे कि इसकी पकड़ जो होती है मजबूत होती है अब हम देखेंगे बेंड डिस्क्राइबर जिस तरीके से स्ट्रेट डक्राइबर है और बेल्ट वाला जो स्क्राइबर होता है वह इस तरीके से होता है इसके दोनों पॉइंट जो होते हैं, नुकीले होते हैं हैं नुकीले तथा 90 डिग्री पर क्या होता है इसके जॉब पर छोटे छोटे सभी लाइनों को लगाने के लिए मतलब वन पॉइंट से हम 1.5 एमएम तक की लाइनें खींचने के लिए एमएंड स्क्राइबर का यूज करते हैं किसी बेलनाकार खोखले ब्लॉक की अनुूनी सतह को लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं ये तुम्हारा का स्ट्रेट हो गया बेंड हो गया अब हम देखेंगे ऑक्सिड स्क्राइबर क्या होता है ऑक्सिड स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ में प्रयोग कि मिलाया जाता है इसकी शुद्धता की मापी जाती है मतलब इसके द्वारा वर्नियर हाइट के साथ में लगा होता है तथा इससे साइज में मार्किंग की जाती है ये तो हमारे हो गए अब हम देखेंगे मतलब सावधानियां अब इसकी कौन कौन सी सावधानियां होगी वह हम आपको बताएंगे सबसे पहला है सरफेस इस की नोक की धार तेज रखनी चाहिए जिससे सही मार्किंग की जा सके मतलब का जो पॉइंट होता है इसकी पॉइंट्स जो होता है इसकी धार जो तेज होनी चाहिए जिससे कि सही मार्किंग की जा सके इसकी नोक को हार्ड सरफेस पर ठोकना नहीं चाहिए नहीं तो इसका पॉइंट खराब हो सकता है यदि प्रयोग प्रयोग में न लाया जा सके इसके पॉइंट्स को कार इत्यादि लगाकर